बह की सभी जुब है हजारों में अब की गरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रब है।, है जो है वो समा है तुम रह सके फ्रेंड्स आप लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे ये मेरा पहला ब्लॉग है और मेरा नाम है दिलशाद और मैं विराट नगर का रहने वाला हूँ मेरी एज 17 है और मैं घर से थोड़ा दूर आया हूं अपने खेतों में आप लोग देख ही सकते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं मैं दसवीं क्लास में पढ़ता हूं और अब कुछ महीने बचे हैं मुझे टेंथ क्लास पास करने में मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे और मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू बह सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में अब की कमीज